dum mast mast dum mast kalandar mast ek veer de ham dam dam le le ek veer de ham dam dam le le ho saki lal kalandar mast mast ho jule lal kalandar mast mast dum mast kalandar mast mast dum mast kalandar mast dum mast kalandar mast mast dum mast kalandar mast tera deewana tera diwa दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना दिल लगी भूल जानी पड़ेगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी की राहों में आकर तो देखो धड़पने तो मेरे ना फिर तुम सोगे मेरे ना फिर तुम कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो कि तूने मेरी फुर्सत की तू में इतनी हरकत की में इतनी बरकत तूने क्या किया सजदा सजदा दिन करूँ ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा लखबार करूं मेरी जान करूं सजरा सवेरा मेरा धन भर से गजरा धेरा तेरी जल्दी लो कतरा मिला जो तेरे दर पर से हो मौला मौलाया कु अपने एक दुनिया चलती है पर झुक के इस दिल में तनाई पलती है बस यार शबनम पीलो तेरे गीले गो की सरगम पीलो हैप्पी पीने का मौसम तेरे संगीश की तारी है तेरे संग एक कुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है तेरे संगीश की तारी है सजाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें में बुलाया तुम है तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई मजहब मेरी जात बन गई हो सपने तेरी चाहतों के सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई तुम जो आए जिंदगी में ताजदारे हरम ताजदारे ताजदारे हरम, ताज हरम।, ताज हरम। ओ ताज करम हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे ओ हमी बेकसा क्या कहेगा ओ राजी बेकसा क्या कहेगा आपके दर से दर्शाली आज हरम, आज हरम। रब की कवाली है इश्क इश्क इश्क कोई की है कोई है कोई की की है, है, है, सुबह लाली हो मेरे दिल को तू जहाँ से जोदा कर दे बस अब तू मुझको फना कर दे मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिक।